बा गाइस तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और अभी बहुत ही ठंड हो होती है गाइस तो मैंने ब्लॉग बना लिया गाइस अब मैं उसको अपलोड करूँगा और आज हैप्पी न्यू ईयर है तो मैं सभी को पहले हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगा और आपको अभी टाइम हो रहा है अभी टाइम हो गया अभी टाइम कितना होगा टाइम हो रहा है आपका सुबह के छः अड़तालीस तो सुबह सुबह मुझे कटप्पा दिखाई दिया था और मैंने सोचा कि चलो इससे भी हैप्पी न्यू ईयर अपने सब्सक्राइबर्स को बुलवा लेते हैं तो ये आपको याद ही होगा पिछले वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग करैक्टर है ये कटप्पा जो कि अब आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलेगा हैप्पी न्यू ईयर चलते हैं देखते हैं कौन मिलता है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वानी का कुत्ता है और वानी मेरे साथ है लीजाओ के नम दे उन्ह वेम दे डबल डबल डबल में मैंने देख तो वीडियो दे मैं पकड़ ले ले नहीं मर मर डा ले ले ले जल सही पखड़ी दे पखड़ी दे तू पकड़ी देर मतीड़े मती पेड़ दे मती पेड़ी बाुबली पिछले की बाुवली बाहुली अरे पकड़ो पकड़ छाती पकड़ दे पकड़ते बाुवली पकड़ पकड़ जब सही सही जबकि मारतनी मारते वानी पकड़ पकड़ अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ पकड़ पकड़ मत जंप पड़ते मकड़ झकड़ हाथों शबाश सास, बास हट बार हाँ यार तू भी दंदा दे दे दे तो पानी दंदा दे दे, दू <laughs>. Yeah. Yeah. Kya hai? Manu. Chal the. Brock is coming. Yeah. Yeah. Ye isko ban jayegi. Chhod, chhod, chhod. Yeah. <what everareesh of Israelites> <Bilder's pollen>. <sighs> <coughs> वानी वानी था यार। वानी वानी थे, ये मार खाती यार, दो तो कटप्पा को आप देख ही रहे होंगे अपने सिंहासन में विराजमान तो गाइज अभी कटप्पा का मूड है ही नहीं कटप्पा भाई बोल दे लाइक करो शेयर करें और सब्सक्राइब करें जैसे वीडियो लगी आपको कटप्पा का मूड नहीं है भाई आज नहीं बोल रहा